हेलो बच्चों एक बार फिर आज मैं आपसे मिलने आया हूं आपको पता है आज 24 अप्रैल है 24 अप्रैल किस चीज के लिए जाना जाता है इंडिया में पंचायती राज दिवस के लिए पंचायती राज दिवस क्यों मनाते हैं हम और ये कब से मन रहा है बच्चों बता दूं पंचायती राज दिवस 2010 से हम मनाते हैं और यह दिन मनाने की हमें क्या जरूरत पड़ी किसी भी दिन को मनाने के पीछे उसके महत्व का बहुत बड़ा रोल होता है पंचायती राज शब्द ऐसा है जिसके अंदर राज मतलब हरेक इंसान को ताकत दी गई है जो भारत वर्ष में रहता है कि वह अपनी भागीदारी इस कंट्री में स्थापित कर सके पंचायती राज एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम देश के हर एक नागरिक को लोकतांत्रिक व्यवस्था की खूबियों को मजबूत करने और उसे ऊपर लाने में मदद मिलता है पंचायती राज एक ऐसा सिस्टम है जिसे अंग्रेजों ने भी इसको नजरअंदाज नहीं किया लॉर्ड रिपन ने इसके बारे में बहुत कुछ किया उसके बाद हमने आजादी की लड़ाई लड़ी हमारा हमारे देश में अनेकों इसके लिए कार्य किए गए जब 1947 में ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ जिसे हम लोग कहते हैं आज़ादी जब माउंटबेटन एक्ट के तहत ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ उस पावर के बाद जब हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी बने उन्होंने इस विषय पर बलवंतराय मेहता कमेटी की गठन की और उन्होंने कहा कि पंचायती राज के बारे में कुछ किया जाए कुछ शोध किया जाए उस कमिटी के रिपोर्ट के आधार पर कई अनेक कमिटियां बनी लेकिन पंचायती राज को एक जीवंत व्यवस्था भारतवर्ष में स्थापित करने का श्रेय स्वर्गीय राजीव गांधी जी को जाता है राजीव गांधी जी ने इसके लिए अथक प्रयास किए और इस प्रयास के परिणाम 1992 में तिहत्तरवा संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज का संवैधानिकरण कर दिया गया इसी के साथ 1992 में चौहत्तरवा संविधान संशोधन के तहत म्यूनिस्पैलिटी राज का भी स्थापना की गई संविधान के अंदर जब इस संविधान में डाला गया तो हमारे अनुच्छेद 243 के तहत इसका वर्णन किया गया पंचायती राज को हमारे जो अनुसूची है शेड्यूल है उसमें ग्यारहवें में इसका वर्णन किया गया हमारी अनुसूची में विस्तार से इसके बारे में बताया गया कि पंचायती राज के क्या क्या अधिकार होंगे और क्या कार्य ये कर सकेंगे पंचायती राज का सफर उन्नीस में जो भारतवर्ष ने भारतवर्ष में शुरुआत हुई उस शुरुआत के बाद पंचायती राज ने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं और इस उतार चढ़ाव से उतरते हुए चढ़ते हुए पंचायती राज आज 2022 में भारत वर्ष में भारत को आर्थिक महाशक्ति के रूप में बनाने में पंचायती राज का आने वाले समय में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा यदि हमारा देश इतना बड़ा विशाल देश है संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है उसका श्रेय पंचायती राज को जाता है पंचायती राज आम जनमानस को सरकार के स्वरूप से रूबरू कराता है आज हमारे देश में यदि पंचायती राज की कल्पना महात्मा गांधी ने नहीं की होती डी पी एस पी के अंदर अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन नहीं किया गया होता तो हमारा देश जो संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी जिसे हम कहते हैं आज उस सौभाग्य से हम वंचित रह जाते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था भारत गांव का देश है पंचायती राज उसी गांव को शक्ति प्रदान करता है पंचायती राज हमें यह बताता है कि हमारे देश में गांव का क्या योगदान है हम इस महामारी के टाइम समय में भी यह देख चुके हैं कि गांव का क्या योगदान हो सकता है किसी भी महामारी को रोकने में पंचायती राज उसका बहुत बड़ा एग्जांपल है पंचायती राज अपने देश का एक विशाल सिस्टम है जिसमें तीन तरह की व्यवस्था को बताया गया है तीन तरह के व्यवस्था हमारे देश में पंचायती राज के तहत संविधान के अनुच्छेद के द्वारा वर्णित किया गया है ग्राम सभा ग्राम पंचायत हमारे देश में दो लाख इक्यावन हज़ार पंचायत हैं करीब करीब दो लाख उनतालीस हजार ग्राम सभाएं हैं ग्राम पंचायत हैं करीब करीब छ हजार नौ सौ चार ब्लॉक हैं और 500, 500, 589 तो डिस्ट्रिक्ट एटी हैं तो इस तरह से देखा जाए हमारा जो पंचायत है वो काफ़ी विशाल है काफ़ी समृद्ध है और इसमें करीब करीब देखा जाए उनतीस हजार लाख लोग रिप्रेजेंटेटिव हैं जो पंचायत से जुड़े हुए हैं इतना विशाल व्यवस्था है जिसके कारण से हमारा देश एक विशाल प्रजातांत्रिक देश कहलाता है अब हम बात करते हैं पंचायती राज का महत्व क्या है पंचायती राज हमारे देश का एक तरीके से प्रजातांत्रिक व्यवस्था का रीड की हड्डी माना जाता है यह वह व्यवस्था है जिसके कारण हमारे देश में लोगों को अपने अधिकार अपने समाज के प्रति अपना विकास और अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने में बहुत मदद किया है पंचायती राज व्यवस्था हमें उस व्यवस्था से प्राप्त हुई है जो हमारे देश की एक मूल भावना है पंचायती राज एक सेल्फ इंस्टीट्यूशन की बात करता है सेल्फ गवर्नेंस की बात करता है जिसमें ग्राम सभा और ग्राम पंचायत मिलकर अपने जरूरतों के हिसाब से अपने आकांक्षाओं के हिसाब से अपने सोच के हिसाब से विकास को बल दे सकते हैं महात्मा गांधी ने कहा है भारतवर्ष का यदि विकास होना है तो वह विकास गांव से स्टार्ट होगा उसकी शुरुआत हमें गांव से करनी पड़ेगी और गांव का विकास पंचायती राज के बिना संभव नहीं है अनेकों सरकारों ने इसको अनेक समय में जरूरत के हिसाब से पंचायती राज को जनता की भागीदारी को बढ़ाने के लिए कई बदलाव किए हैं हाल फिलहाल में पंचायती राज के और सशक्त करने के नियत से कई पुरस्कारों की घोषणा की गई है उसमें से चार पुरस्कार ऐसे हैं दीनदयाल उपाध्याय सशक्ति पुरस्कार नानाजी देशमुख पुरस्कार चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पुरस्कार और ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान ये अनेक ऐसे अनेकों सुधार किए गए पंचायत में जिससे पंचायतों को ताकत मिले पंचायत में काम करने वालों को इज्जत मिले और हमारा जो ग्राम पंचायत है ग्राम स्वराज जो है उस स्वराज को बल मिले पंचायती राज हमें ये याद दिलाता है बार बार याद दिलाता है कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है हमारे यहाँ के लोगों को संपूर्ण भागीदारी की कल्पना के साथ जो हमारा संविधान बना है उस मूल भावना को पंचायती राज आगे रखता है पंचायती राज एक ऐसा राज सिस्टम है जो इस विशाल देश के विविधता को एक साथ जोड़ने का काम कर रहा है यदि हमारा देश विश्वगुरु बनना चाहता है तो हमें पंचायती राज को उसकी कल्पना के स्वरूप स्थापित करना होगा बच्चों यदि आप आई पीसीएस, इस जैसे देश सेवा की भावना से प्रेरित हैं तो पंचायती राज उस भावना को पूरा करने में आपको बहुत बड़ा बल देगा पंचायती राज एक ऐसा व्यवस्था है जिसके तहत आप अपने सोच को जनता के अंतिम पंक्ति तक ले जा सकते हैं पंचायती राज में अनेक बदलाव हुए हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से पंचायती राज के अंदर जो भी करप्शन था उसको रोकने में बहुत बड़ा बल मिला है कई ऐसे राज्य हैं जो पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी को आधा कर दिया गया है 50 परसेंट भागीदारी है आपको पता होगा पंचायती राज का जो कानूनी व्यवस्था है जो संसदीय व्यवस्था है उसके तहत 33 परसेंट महिलाओं का रिजर्वेशन था कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने उसको बढ़ा के पचास प्रतिशत कर दिया है पंचायती राज हमारी आधी आबादी आवा, का आवाज है पंचायती राज हमारी आधी आबादी का एक सुन एक सुनिश्चित भविष्य है पंचायती राज हमारी आधी आबादी का एक आवाज है पंचायती राज हमारी आधी आबादी का सशक्तिकरण का एक स्वरूप है पंचायती राज हमारी आधी आबादी का एक देश के विकास में भागीदारी है पंचायती राज हमारी आधी आबादी का एक गहना है पंचायती राज हमारी आधी आबादी का एक ऐसा स्वरूप है जिससे हमारी आधी आबादी को सशक्त करने में बहुत बड़ा योगदान है हम अपनी आधी आवाज आबादी को बिना आवाज दिए हम देश को एक महाशक्ति नहीं बना सकते पंचायती राज उस आधी आबादी को सशक्त करने में निरंतर लगा हुआ है पंचायती राज व्यवस्था हमारी आदि आबादी का एक आचल है बच्चों पंचायती राज व्यवस्था हमारे देश का एक महत्वपूर्ण स्वरूप है इस स्वरूप को आप समझें इसके रूप को आप अपने अंदर ढालें और इसको और मजबूत करें ताकि जो हमारा देश है शहरों का देश नहीं गाँव का देश कहलाए पंचायती राज हमारे लिए एक बरदान है और इसे आप वरदान साबित करें और आपने इस वीडियो को देखा है इसके लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद आप इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारे बताई हुई बातों को आप समझें यदि कुछ आपको कहना है तो आप कमेंट में कहें बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों